हेलो दोस्तों कैसे हो क्या हाल है उम्मीद करता हूँ अच्छे दोस्तों और काफ़ी टाइम लगा यार मुझे वीडियो बनाने में क्योंकि एक मान के चलोगे मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था यार वो तरीका ढूँढने में मुझे टाइम लगा दोस्तों जैसे कि आपके व्यूज़ बढ़ सकें और उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकें आज मतलब मस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये तरीका इतना कारगर है कि आप इसको खुद करोगे आपके खुद के डाटा पर करोगे और आपके व्यूज़ बढ़ेंगे दोस्तों एक दो बार नहीं मतलब उसमें आप 4000 वॉच टाइम जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों बहुत ही जेनुन तरीका है और मतलब आप अपने आप से देखोगे आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं दोस्तों मैं आपके लिए कैसे मतलब एक ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों और आप देख रहे हैं मतलब मैं अपने पे तो लागू कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पर लागू कर पाऊँगा क्योंकि मुझे आपका प्यार ही बहुत है दोस्तों और अभी जो वो चल रहा है क्या बात कह मतलब अब जब लास्ट वीडियो मेरी देखी थी आपने वो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो आप उससे सब्सक्राइबर ही बढ़ा सकते हैं आपका चैनल इतना जल्दी मोनेटाइज होगा दोस्त चार हज़ार वॉच टाइम हो जाएगा हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे मतलब हज़ार से ऊपर ही हो जाएंगे दोस्तों वो तरीका मैं आपको मतलब ये मान के चलो अगली वीडियो में वो तरीका भी बताता हूँ दोस्तों वैसे मैं इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगी दोस्तों और लेकिन मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों ठीक है और वो तरीका कामयाब होगा दोस्तों आज हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो मैं तरीका आपको बताता हूं वो एक ब्राउज़र है दोस्तों और उसमें आप मल्टी विंडो मतलब चला के आपने यूट्यूब चला के कोई भी अपने प्लेलिस्ट लिस्ट ओपन कर सकते हो या फिर कोई भी वीडियो ओपन कर सकते हो आप एक दो बार नहीं एक दो बार नहीं तीन चार बार पाँच छः बार मतलब छः बार मतलब छः विंडो ओपन हो जाती हैं अलग अलग सी उसमें और आप इतना मतलब आ, आ, अपना व्यूज़ बढ़ा सकते हैं उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा आप दो मिनट में देखोगे दो मिनट को छः बार में विडो में चल रही है वो तो बारह मिनट तो सीधे साधे हो गए दोस्तों और आपके प्लस बारह व्यूज़ भी हो जाएंगे दोस्तों मतलब व्यूज़ ही बढ़ेंगे और आपके वास्ट टाइम भी बढ़ेगा दोस्तों और इसमें बहुत ही जेन्यन तरीका मैं आपके लेकर आया हूँ दोस्तों और वो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपने स्क्रीन पर ले जाकर तो वो तरीका है दोस्तों अब जैसे मल्टी व्यू ब्राउज़र है ये वो ब्राउज़र है दोस्तों और मैं नेट नहीं चलाया सॉरी मतलब नेट चला लिया उसके बाद आपको देखो ये दो ये दब, डबल व्यू लेना है ट्रिपल व्यू लेना है क्वार्टर ट्रिपल व्यू लेना है या सिक्स ट्रिपल एट व्यू लेना है आपको ये मैं सिक्स ट्रिपल एट व्यू ले लिया ये देखिए दोस्तों यहाँ आपकी जो है वीडियो सिक्स टाइम प्ले हो जाएगी अभी तो मैंने कम कर रखा है लेकिन ट्रिपल में दिखाता हूँ आपको ये देखिए दोस्तों अब मैं अपने प्लेलिस्ट लगा रखी है इस पर स्क्रीन स्लिप ऑफ ये ज़रूर करना पड़ेगा आपको दोस्तों ताकि मतलब स्लिप नहीं होगी स्क्रीन मतलब स्लिप नहीं होगी और आप अच्छे से ये काम कर सकते दोस्तों और ये इमेज रिप्लेसमेंट ये भी आपको करना पड़ेगा ये देखिए दोस्तों वहाँ भी चल रही है यहाँ भी चल रही है ऊपर भी चल रही है नीचे भी चल रही है और यहाँ तो मतलब तीनों जगह चल रही है दोस्तों और आप इसके मतलब व्यूज इतने बढ़ेंगे आपके एकदम से ओपन हो जाएंगे तो दोस्तों कैसा लगा मेरा तरीका आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों और मैं बताता हूँ ये जेन्यन तरीका है दोस्तों इससे मतलब जेन्यन कुछ नहीं हो सकता दोस्तों ये व्यूज के लिए बहुत ही चार हजार टाइम तो आपको व्यू ऐसे मतलब चुटके में पूरा हो जाएगा दोस्तों मतलब एक लैपटॉप लो या फिर मोबाइल फ़ोन लो उसमें मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्ले करो उसमें मल्टी व्यू के लिए और मल्टी व्यू विंडो है दोस्तों उसमें तो फिर ये मान मानकर चलो दो टाइम चार टाइम छः टाइम ये नहीं पता दोस्तों कितने टाइम आप इसमें प्ले कर सकते हो बार बार प्ले करो प्ले लगा दो और आप इसमें जल्दी से जल्दी अपने जो व्यूज़ है वो कम्प्लीट कर सकते हो दोस्तों ऐसे ही जेनुअन तरीके के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों और मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ये मतलब मस्त मस्त तरीके हर रोज़ तीन दिन में मतलब हर रोज़ तो नहीं अपडेट कर सकता क्योंकि ऐसे तरीके ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगता है दोस्तों और मैं जेन्यन तरीके ही आपको बताऊँगा दोस्तों मतलब मुझे आपका नुकसान करके कोई फायदा नहीं है आपके फ़ायदे में, में मेरा फ़ायदा है दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसके लिए भी कोई तरीका मतलब मस्त तरीका जिसमें आपको सिर्फ करना क्या है यार कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा मतलब आपके लिए लेकर आऊँगा तो उससे कमेंट करें थैंक यू